jab ladai hoti thi technique hey y'all come look at this it was at this point he, he fucked up एक चाहिए मुझे लेवल का हेलमेट पंद्रह सोलह कार 98 और तीन चार एडब्ल्यू एम और 20-25 विनर विनर चिकन डिनर चाहिए मुझे अभी बेटी कौन है तू इंप्रेसिव मैं शेर को डरा के दिखा जो पिटा है ना ये ये मैं नहीं मेन्यू ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है इसलिए